जय हिंद तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म किया जाता है इसके बारे में प्राय आप लोग जानते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग पेय पदार्थ जैसे बिस्की ब्रांडी दारू बियर इत्यादि को बनाने में किया जाता है तथा सूक्ष्म जो जैसे ईस्ट हो गया और बैक्टीरिया हो गया इन सभी के फ्रेग्रेंस से जो ब्रेड बनाया जाता है और अन्य अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो माइक्रोब्स होते हैं उनका वाहित मल के उपचार में कैसे उपयोग किया जाता है तो जो वाहित मल का उपचार किया जाता है या प्रायः दो प्रकार का होता है एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसे एक नाम और है इसका जिसे बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस होता है एक होता है सेक्वेशनल और एक होता है सेडिमेंटेशन और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें हम लोग क्या करेंगे बायोलॉजिकल मतलब है इसमें कुछ सूक्ष्म का उपयोग करेंगे जैसे एरोबिक बैक्टीरिया और एरोजाई का इसमें उपयोग किया जाता है और इसमें फिजिकल बिना किसी भी माइक्रोब्स का यूज किए अगर हम लोग वाहित मल का उपचार करते हैं तो उसे बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल में किसी भी हम लोग सूक्ष्म का उपयोग करते हैं तो अब आइए हम लोग वीडियो को आगे पढ़ते हैं और चित्र के माध्यम से समझते हैं तो अब यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो फिजिकल ट्रीटमेंट था इसमें दो प्रोसेस थे एक था सिक्वेशनल ट्रीटमेंट एक था सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट तो सिक्वेसनल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई स्थानों से यहां पर वाहित मल वाहित मल को क्या बोलते हैं सीवेज वाहिद मल को कई स्थानों से लेकर के आते हैं अब इससे आने के पश्चात सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट से गुजारते हैं तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले इसे छन्नी से बने आकार पर गिराएंगे तो इससे क्या होगा यहां पर जो बड़े बड़े वस्तुएं होंगे जैसे बोतल हो गया हो गया पत्थर हो गया इत्यादि जो बड़े बड़े पदार्थ रहेंगे सबसे ऊपर वाले छन्नी पर छन जाएंगे फिर इसके नीचे जब यह आएगा तो जो बोतल से छोटे जो जिस छोटे जो पदार्थ रहेंगे वो इस छन्नी में छन जाएंगे फिर यहां से जब यह सीविय नीचे आएगा तो जब इससे भी जो छोटे पदार्थ हैं जैसे कंकड़ हो गया और इससे जो मिलते जुलते पदार्थ हैं जो यहां पर आएंगे तो वे सभी क्या हो जाएंगे छन जाएंगे फिर इसके पश्चात अब सीवे जाएगा एक स्टॉप टैंक में जैसे मान लीजिए यह है स्टॉप टैंक अब यहां पर आया तो यहां पर आने के पश्चात अब यहाँ पर जो अशुद्धियां मिले रहेंगी जैसे कीचड़ नुमा जो आकार रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा तो जिसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज इसे बोलेंगे प्राइमरी स्लस और जो ऊपर लिक्विड नुमा रहेगा जो ऊपर पानी के जैसा रहेगा इसे बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट या लिक्विड रहेगा और जो नीचे जम जाएगा जैसे मान लीजिए अभी कभी भी पानी में अशुद्धियां मिली रहती हैं तो जो कठोर पदार्थ होते हैं जो वजन पदार्थ होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं तो ऐसे इसमें जो नीचे बैठ जाएगा इसे बोलेंगे प्राइमरी इसे यहां से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर जो जल रहेगा इसे बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, इसे यहाँ से बाहर निकाल करके ले जाएंगे एक हिलते हुए टैंक में यह जो टैंक है यह कैसा है यह हिल रहा है हिलते हुए टैंक में अब जब हिलते हुए टैंक में इसे लेकर के जाएंगे और इसमें यहां पर एक तरफ से एक तरफ से क्या डालेंगे एरोबिक बैक्टीरिया बीओडी एक तरफ से डालेंगे बी ओडी या बी क्या होता है आइए भी इसके बारे में जानेंगे तो सर्वप्रथम पहले ये जानते हैं जो या एरोबिक बैक्टीरिया होता है या और फंजाई यह जो होते हैं यह सक्रिय होते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो यहां पर जो ऑक्सीजन को बाहर से डाला जाता है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फुल फॉर्म होता है बीओडी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो यह क्या करेगा इसके अंदर जाएगा और यहां से जा रहे हैं फंजाई व बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया अभी बैक्टीरिया क्या होता है यह जो बैक्टीरिया है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा तेजी से काम करेगा या ऑक्सीजन की चालीस परसेंट एनर्जी को रिलीज करता है और एक होता है एनआरओबिक बैक्टीरिया वह है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्य करेगा एनआरबिक बैक्टीरिया सात एनर्जी को रिलीज करता है तो जो एरो बैक्टीरिया है यह चालीस एनर्जी को रिलीज करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो अब यह क्या करेगा अब यहां पर जो वाहकमल उपचार है इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ है तो यह क्या करेगा कार्बनिक पदार्थ को कंज्यूम कर लेगा, और कर लेगा, कर करने के पश्चात इधर से ऑक्सीजन आता रहेगा और इधर से ये बैक्टीरिया डाले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसके ऑक्सीजन की जो यहाँ पर मांग है वह कम हो जाएगा मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का मांग कम हो जाएगा तो जब ऑक्सीजन का मांग यहाँ पर कम हो जाएगा तो इससे आप पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर सीवेज है जो यहाँ पर पानी है गंदा पानी था उसका उपचार हो चुका है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं इसके इस संयोग को बोलते हैं फ्लोस इन दोनों के स्तरों को फ्लोस बोलते हैं तो क्या हुआ अब जब ऑक्सीजन का डिमांड यहाँ पर नहीं होगा तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो जल अशुद्ध है वह शुद्ध हो गया है तो इसे क्या करेंगे यहां से यहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड खत्म हो गया तो अब यहां से टैंक से जो है स्लज को निकालते हैं अब यहां पर निकालेंगे तो आप यहां पर एक स्टॉप टैंक में लेकर जाएंगे पहले जो टैंक था वह कैसा था वह हिल रहा था लगातार हिल रहा था अब इसे इस स्टॉप टैंक में लेकर जाएंगे तो जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है जिसे फ्रोस बोलते हैं या नीचे पेदी में बैठ जाएगा और जो यहां पर जो जल है यहाँ ऊपरी सतह पर रहेगा इसे बोलेंगे सेकंड्री इफ्लुएंट सेकेंडरी इफ्लुएंट और इसे बोलेंगे सेकंड्री स्लज इसे बोलेंगे सेकंड्री स्लज अब यहां पर क्या होगा यहाँ पर अब यह आएगा तो ये जो सेकेंडरी स्लज है इसे स्टोर कर लेंगे अगर और जो वाहिद मल उपचार हैं जो वाहिद मल आएंगे उनके उपचार में इस सेकेंडरी स्लज का उपयोग कर लिया जाता है और यहां से जो वाटर का जो ट्रीटमेंट हो चुका है अब इसे क्या करेंगे बाहर नदी में छोड़ देंगे तो इस प्रकार के प्रोसेस से वाहिद मल का उपचार किया जाता है तो यहाँ तक कौन सा हुआ यहां तक हुआ फिजिकल ट्रीटमेंट फिर इसके बाद यहां पर आ गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यहां से लेकर के यहां तक क्यों क्योंकि इसमें फंजाई एरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किया गया तो यह हो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और यह हो गया फिजिकल ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट में उसे छानते हैं और इस प्रकार के प्रोसेस होता है फिजिकल ट्रीटमेंट में और इस प्रकार का प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत